आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ऐप के बारे में जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो ये ऐप है इस ऐप में अपने आईडी प्रूफ डाल देना है फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें ग्यारह रुपये पर रेफरल आपको मिलेंगे और डेली आपको गेट करना है जिससे आपको पाँच रुपये डेली तो आप जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस काला बुटाई आप टीम बना सकते हैं आप प्रॉफिट पाँच रुपए डेली अर्न कर सकते हैं और साढ़े तीन सौ से ज्यादा रुपए होने पर आप इसको